वंदन अभिनंदन साथियों 5 फरवरी दिन बुधवार का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जीवन में क्या नवीन सवेरा लेकर के आया है इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों इस दिन को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे कौन से दिव्य प्रयोग हैं ऐसे कौन से दिव्य उपाय हैं जिनको यदि आप कर लें बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं तो निश्चित रूप से आज आपका दिन अच्छा जाएगा तो इस प्रोग्राम को अंत तक देखिएगा ऐसी हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं आज का पंचांग क्या कहता है इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं चूंकि दर्शकों पंचांग पाँच अंगों से मिल करके बना होता है पंचांग के ये पांच अंग कौन-कौन से हैं? तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। दर्शकों संवत संवत माघ मास है और परिधावी नामक संवत्सर चल रहा है दर्शकों बुधवार दिन रहेगा और आज जो है सूर्योदय होगा ये प्रातः छह बजकर तिरपन मिनट पर होगा सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर छियालीस मिनट पर उत्तरायण चल रहा है सूर्यदेव इस समय उत्तरायण में हो गए हैं तिथि जो रहेगी ये रहेगी एकादशी तिथि जी हां शुक्ल पक्ष है और एकादशी तिथि रहेगी रात को नौ बजकर इकतीस मिनट तक की तद उपरांत द्वादशी तिथि का प्रादुर्भाव हो जाएगा ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण का यहां पर अब हम आपको रेफरेंस देंगे जी हाँ हमने अपने जो है एक दिन पहले के राशिफल में भी पूर्व के भी राशिफल में और लगातार बताते आए हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों को नहीं करना चाहिए इवन नॉन वेज नहीं खाना चाहिए एल्कोहल तक नहीं लेना चाहिए किसी भी प्रकार से तो एकादशी के दिन आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मृग नक्षत्र रहेगा करण जो रहेगा ये वड़ी बिष्टि और बव करण रहेगा योग रहेगा भैधती योग शुभ समय पर आ जाते हैं आज का शुभ समय क्या रहेगा तो देखिए आज अमृत काल एक आपको मिल जाएगा ये शाम को पाँच बजकर छ मिनट से लेकर के और छ बजकर तिरालीस मिनट तक की अर्थात सत्रह बजकर छः मिनट से लेकर के अठारह बजकर तिरालीस मिनट तक की रहेगा वही अशुभ समय पर आते हैं आज का अशुभ समय क्या रहेगा तो बारह दोपहर से लेकर के एक ले तक का जो समय रहेगा ये बड़ा ही अशुभ रहेगा इसको ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल के नाम से कहते हैं आज चंद्रदेव दोपहर दो बजे तक तो वृषभ राशि में चलाए मान रहेंगे इसके बाद यह बुद्ध की राशि मिथुन राशि में चले जाएंगे संचरण करेंगे सूर्य देव मकर राशि कैप्रिकॉन में संचरण कर रहे हैं दर्शकों बुधवार दिन रहेगा और उत्तर दिशा की ओर आज दिशाफूल रहेगा हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि आज के दिन प्रयास आप लोग ये करिएगा कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा लेकिन यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सौफ़ का सेवन करके यात्रा करिएगा इलायची का सेवन कर सकते हैं सफ़ेद तिल का सेवन कर सकते हैं पिस्ता का सेवन कर सकते हैं तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया जिसके सेवन करने से ये दोष कट जाता है दिशासुल का पहले आप दक्षिण दिशा की ओर चार पक्ष चल लीजिएगा तब उत्तर दिशा की ओर आप जाइएगा मेष राशि की ओर चलते हैं पहली राशि चुकी हमारी आती है और मेष राशि के जातकों के लिए जीवन में आज क्या कुछ नया रहने वाला है तो के जातकों आज का दिन निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है सामाजिक क्षेत्र में आज आपकी सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही किसी काम में आज, आज आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता हुआ दिख रहा है किसी पुराने दोस्त से मिलने का योग बन रहा है खास करके जो लोग मेष राशि के जातक है मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं इनके उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा परिवार से जुड़ी कोई गुड न्यूज आज आपको मिल सकती है सेहत के लिहाज से आज आप लोग खुद को तरोताजा महसूस करेंगे आज करना क्या रहेगा तो बेसन से बनी हुई चीजों का दान आज आपको गरीबों में करना रहेगा सफलता के नए आयाम नए मार्ग खुलेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन वृषभ राशि आज आपका सोचा हुआ कोई कार्य पूर्ण हो सकता है जो लोग कैरियर में जो है बदलाव चाहते हैं छात्र लोग उनके लिए आज का दिन बदलाव ले करके आएगा उनके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा सेहत के लिहाज के सेहत के लिहाज से आज, आज, आज, आज आपका दिन फिट एंड फाइन रहेगा जो है जो वृषभ राशि के लोग हैं और यदि आप लोग सोशल साइट्स पर वर्क करते हैं तो आज, आज आपकी जान पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो भविष्य में आपको लाभ पहुँचाएंगे बिजनेस के किसी काम से आज आपको बाहर की दूर जो है मतलब यात्रा करना पड़ सकता है और इन यात्राओं से आज आपको जो है लाभ होगा हाँ, आपको उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गणेश जी महाराज को आप लोगों को एक पान का बीड़ा मीठे पान का एक बीड़ा चढ़ाना रहेगा इस उपाय को करने से आपको आज कोई नया रोजगार भी प्राप्त हो सकता है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन हमारी जो अगली राशि आती है आती है मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज आपकी ए, किसी पुरानी समस्या का समाधान निकल सकता है आर्थिक स्थिति आज आपकी सामान्य रहेगी आज आपको दूसरों से अपनी पर्सनल बात शेयर करने से बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा फैसला कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत रखिएगा आज आपको अपनी सोच और व्यवहार को संतुलित रखने की सितारे सलाह दे रहे साथ ही साथ जब आप पर जाते हैं तो एक हल्दी के गाठकेट में रख के तब जाइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाइट पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा छे कैंसर जी हाँ कर्क राशि के जातकों तो कर्क राशि के जातकों आज किसी काम में आपको अनुभवी व्यक्ति से मदद मिलने की संभावना है परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने का आज आप लोग प्लान बना सकते हैं आज पैसों का लेनदेन करने से आपको बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं अगर आज आप कुछ दिनों से कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं तो निश्चित रूप से आज छुटकारा मिलेगा संगीत से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन मिला रहेगा आज किसी तरीके की पुरानी बातों पर ध्यान देने से आपको बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ आज यात्रा का योग है और इन यात्राओं से से आपको निश्चित रूप लाभ प्राप्त होता चर्चा करेंगे तो इलायची का सेवन जरूर कर लीजिएगा ओम गंग गणपत नमा इस मंत्र का एक सौ आठ बार यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार राशिफल में जो हमारी अगली राशि आती आती है, है सिंह राशि सिंह राशि के जात को आज आप लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं घरेलू समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में आज आप सफल होते हुए दिख रहे हैं सिंह राशि के जो लोग सरकारी नौकरी में है आज उन्हें कोई अच्छी कोई गुड न्यूज प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आपको बड़े अधिकारियों से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा घर परिवार में भी स्थिति आपके अनुकूल रहेगी दोस्तों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की आप लोग तो प्लानिंग कर सकते हैं आज आपकी यात्राएं मंगलमय रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी गणेश चालीसा का आज आप लोगों को पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छः हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि तो कन्या राशि के जातकों आज परिवार वालों के साथ हंसी खुशी के आपके पल बीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा जो लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं इनको शिक्षकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा साथ ही कैरियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी सामने आएगा संतान पक्ष की जो जो है है कुछ चली आ रही रही थी ये दूर होती हुई दिखाई पड़ और आज आपके संतान को किसी अच्छे क्षेत्र में नौकरी रोजगार या कहीं पर चयन उनका हो सकता है पैसे कमाने के आज नए आइडियाज आप लोग बनाएंगे और जिन पर आप लोग आज गौर भी फरमाएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को गणपति अथर्व का पाठ करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा हरा और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा तीन तुला राशि के जातको आज पारिवारिक मामलों को लेकर के आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है ऑफिस में आज आपका काम धीमी गति से पूरा होने की संभावना है इससे आज, आज आपकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है बच्चों के साथ आज, आज आपका समय अच्छा बीतेगा आज, आज आप किसी नए काम पर सोच विचार कर सकते किसी बात को लेकर के बड़े भाई से थोड़ी अनुमन हो सकती है लेकिन प्यार से बात करने पर आज आपकी बातें बनती हुई दिखाई नहीं है नए लोगों से आज आपको फायदा हो सकता है घर के बड़े बुजुर्गों का आज आपको आशीर्वाद लेना रहेगा और हनुमान जी महाराज को जो है आज जा करके आपको मीठा पान चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो हनुमान जी महाराज को आप लोग आज जरूर जाकर के चढ़ा दीजिएगा निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अगली राशि पर बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जात को आज किसी खास काम में आपको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है भाई बहन के साथ आज, आज, आज आपके रिश्ते बेहतर होंगे मधुर होंगे जीवन साथी आज आपकी बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे बिजनेस के मामलों में बिजनेस के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा सामाजिक कार्यों में आज मिलने के योग बन रहे हैं दोस्तों से आज आपको मदद मिलेगी कुछ नए काम आपके आज सामने आएंगे जिनके लिए आपकी कुछ जरूरी लोगों से मुलाकात भी हो सकती है शाम तक की शुभ समाचार प्राप्त होने से मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आज के दिन उपाय क्या करना रहेगा तो अगर कहीं किन्नर दिख जाएं, तो इनको आप लोग मीठा खिलाइए। अगर नहीं दिखते हैं तो विकलांगों में येगा ये ये आठ सैजिटेरियस धनुराशि के जातकों आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा ऑफिस में आज सभी लोगों के साथ आपके बेहतर तालमेल बेहतर संबंध रहेंगे आज आप शाम को किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं अचानक नए स्रोतों से हुआ धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को संतुलित करेगा किसी पुराने मित्र से मिलकर के आज आपका मन प्रसन्न रहेगा लबमेट के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा आज कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है उचित दिशा में की गई मेहनत आज आपको पूरा फल देगी और गणेश जी महाराज आज आपके सभी कार्यों को निर्विघ्न रूप से पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा ओम गंग की दो माला का आज आप लोग जाप करिए साथ ही साथ सात इलायची अपने पॉकेट में रखिए और कार्यक्षेत्र पर निकल जाइए जिससे भी बात करनी हो इलायची खा करके बात करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक कैप्रिकॉन मकर राशि जी हाँ आज पारिवारिक रिश्ते आपके मजबूत होंगे थोड़ी सी मेहनत करके आज आप अपने उद्देश्यों को बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है व्यवसायिक कार्यों के लिहाज से आज का दिन बेहतर रहेगा आज हर काम में आपको धैर्य और समझदारी रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं वैवाहिक जीवन आज आपका खुशियों से भरा रहेगा ऑफिस का आज आपका माहौल बड़ा खुशनुमा रहेगा कुल मिला करके आज आपका दिन बड़ा बेहतरीन रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो हरे रंग का कोई वस्त्र ले लीजिएगा चोला ले लीजिएगा जो कि गणेश जी को आज आपको अर्पित करना रहेगा साथ ही साथ गणेश चालीसा का एक बार आप लोग पाठ कर लीजिएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कुंभ कुंभ राशि राशि तो के जातकों आज कामकाज से जुड़ी कोई बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने आती हुई दिखाई पड़ रही लेकिन आज, आज आप उस चुनौती से तुरंत पार कर लेंगे घर का माहौल आपके बहुत बढ़िया रहेगा आज आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा दूसरे लोग आज, आज आपके कामकाज से प्रभावित होंगे आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे परिवार में मधुरता के साथ आज आपका विश्वास भी बढ़ेगा और सेहत के मामले में आज आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे जरूरतमंद लोगों को आज आपको वस्त्रों का दान करना रहेगा तथा विकलांग लोगों को पका हुआ भोजन खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ अंतिम पड़ाव अंतिम राशि पाइसिस मीन राशि मीन राशि के जात आज ऑफिस में काम के जो है उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं सोसाइटी में किसी मुद्दे को लेकर के आज आपको अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा जिसका प्रभाव कुछ लोगों पर साफ दिखेगा आज आपका आर्थिक पथ थोड़ा कमजोर हो सकता है आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए परिवार के कुछ मामलों को अनदेखा करने से आज आपको बचना होगा मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं घर के बड़े बुजुर्ग जो है आज आपके कुछ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आ, सही नहीं रहेंगे मतलब स्वास्थ्य का जो आ, पाया रहेगा ये कमजोर रहेगा और बीमार इत्यादि पड़ सकते हैं तो उनकी आज आप लोग सेवा करिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो अगर कोई आपको अंधा व्यक्ति मिल जाए दिव्यांग जिनको भी बोलते हैं तो उनको आप लोग कुछ मीठा खिलाइए इससे होगा क्या कि आपको धन लाभ होगा और परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी दूसरा आज आप लोग विष्णु सहस नाम का पाठ कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ तो दर्शकों ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए इस वीडियो को यदि आपने पसंद किया हो तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें आप और ज़्यादा जो है उत्साहित कर सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार